मैं मैनू नींद जी हीर दी तड़ी ही लगदी थारूपी हीर दी गल बड़ी ही रात देहने मैनू हूं खा लिया आके देख सज चीण दीद बड़ी हीखी लगती खारे हंजु पीण दीद बड़ी हीखी लगती साल सी, तु सी, तु आ, हर पल याद नू, हाँ कोई ना रे दीरा जी दिल बड़ी ही औखी लग दी खारे हंजू पी लग गई